क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी मोबाइल है जिसकी कीमत है 360 करोड़ रुपए और उसके अभी तक सिर्फ तो दो ही पीस बनाए गए हैं क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन कौन सा था और क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसकी आबादी है सिर्फ एक हजार लोग इस वीडियो में आप कुछ ऐसे फैक्ट को जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आपका फेस इस शिमोजी जैसा हो जाएगा फैक्ट नंबर टेंथ आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ट्रेन से तो सफ़र किया ही होगा लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे पहली ट्रेन कौन सी थी आपको ये तो पता ही है कि दुनिया की सबसे पहली ट्रेन स्टीम इंजन ट्रेन थी ट्रेन ट्रेन जो जो कि कि सबसे स्टीम इंजन थी, 1804 में बनाई गई थी इसे पहले आयरन उठाने के लिए यूज किया जाता था वो ट्रेन से एबरी फैक्ट नंबर क्या आपको पता है पहली बार भारत में ट्रेन कब आई और उसका अविष्कार किसने किया और वो कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी इंडिया की सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में भारत में चली थी जो कि मुंबई में चली मुंबई के बोरीवली स्टेशन से दादर तक जो कि एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसे लॉर्ड दल्हाउ के एडमिनिस्ट्रेशन टाइम में चलाया गया था लॉर्ड दल्हाउ उस टाइम पे मुंबई के गवर्नर जनरल थे उस समय भारत पे अंग्रेजों का शासन था, पे जो का था भारत पे जब अंग्रेजों का शासन था तभी सबसे पहली ट्रेन आई थी भारत में फैक्ट नंबर एट क्या आपको पता है दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन कौन सी थी उसका थी क्या था और क्या था? और क्या आपको पता है बुलेट ट्रेन और नॉर्मल ट्रेन में अंतर क्या है दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन है ना वो जापान में बनी है जिसका नाम है टोकियाडो शिंग इसे नाइनटीन में हीडो शिमा ने बनाया था जो कि एक जापानी इंजीनियर है। और इस ट्रेन की स्पीड है 210 एस बुलेट ट्रेन और नॉर्मल ट्रेन में एक ही अंतर होता है बुलेट ट्रेन की स्पीड हाई होती है नॉर्मल ट्रेन नॉर्मल ट्रेन के हिसाब से बुलेट ट्रेन की स्पीड थोड़ा ज्यादा होती है फैक्टर नंबर सेवन क्या आपको पता है एक दिन में तीन लाख साठ हजार बच्चे पैदा होते हैं जैसे ही मैंने फैक्ट सुनाया उसके अगले दिन ही तीन लाख साठ हजार ला बच्चे पैदा हुए उसके अगले दिन तीन लाख साठ हजार बच्चे पैदा हुए क्या आपको पता है हर सेकंड चार बच्चे पैदा होते हैं जैसे ही मैंने फैक्ट सुनाया तुरंत तो चार बच्चे पैदा हुए अभी चार बच्चे पैदा हुए और अभी चार बच्चे पैदा हुए बच्चों एक घंटे बाद भी ऐसे ही बच्चे, होते तीन बच्चे हर दिन होते हैं मतलब आज तीन लाख साठ हजार बच्चे हुए तीन लाख साठ हजार बच्चे होंगे अगले दिन भी तीन लाख साठ हजार बच्चे होंगे फैक्टर नंबर सिक्स क्या आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा शहर कौन सा है मतलब साइज में सबसे छोटा शहर कौन सा आबादी में दोनों में सबसे छोटा शहर कौन सा है दुनिया का सबसे छोटा शहर है मेटिकन सिटी जो कि सिर्फ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी आबादी दुनिया की सबसे कम आबादी है जो कि है सिर्फ एक हजार लोग सिर्फ एक ही हजार लोग इस पूरे शहर में रहते हैं और तो और ये जो देश है ये पहले एक स्टेट था इसने अपने आप को नेशन घोषित किया है और तो ये जो स्टेट है ये खुद की फुटबॉल टीम ओन करता है खुद की फुटबॉल टीम जो कि एक बहुत बड़ी बात है और तो और इस देश में इस देश की सिक्योरिटी के लिए खुद की आर्मी भी है और तो और इस देश में रेलवे भी है जो कि दुनिया की सबसे छोटी रेलवे है जो कि दुनिया की सबसे छोटी रेलवे सिस्टम है इस देश की रेलवे में सिर्फ तीन सौ ट्रैक ही पूरी रेलवे सिस्टम में सिर्फ तीन ट्रैक है जिसका यूज किया जाता है सामान को यहां से वहां पहुंचाने के लिए और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक वैक्सीन सिटी में जाना नंबर फाइव आप सब लोग रोड से तो सफर करते ही होंगे सभी करते होंगे लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी रोड कौन सी है दुनिया की सबसे लंबी सड़क है पैन अमेरिकन हाईवे जो कि एक हाईवे है और इसकी लंबाई है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड माइल्स जो कि शुरू होती है टूडो टूडोए से जो की नॉर्थ स्ट्रेट हाईवे दुनिया का सबसे लंबा कौन सा है जो पैन अमेरिकन हाईवे है वो बहुत ज्यादा टेढ़ा भी है मतलब सीधा एकदम नहीं है कई जगह से टेढ़ा भी है इसलिए इसे स्ट्रेट इस हाईवे में नहीं लिया जाता और जो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा लंबा सीधा स्ट्रेट हाईवे है उसका नाम है सऊदी अरेबिया हाईवे जो की हाईवे नंबर टेन के भी नाम से जाना जाता है जो की दो सिक्स किलोमीटर लंबा है। नंबर क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन कौन सा था और किसने बनाया बनाया था था? और कौन से सन में बनाया था? दुनिया के सबसे पहले एरोप्लेन का नाम था ब्रिगेड फ्लायर जिसने अपनी पहली उड़ान 1903 में भरी थी इसे चार लोगों ने मिलके बनाया था जिनका नाम है ये ब्रिगेड ब्रदर एल्बर्ट सेंट टॉस ये चार लोगों ने मिलके एरोप्लेन को बनाया था जो दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन था उसे इन चार लोगों ने मिलके बनाया था और क्या आपको पता है इस एरोप्लेन का नाम ब्रिगेड फ्लाई कर रखा गया तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इन चारों लोगों ने मिलकर एरोप्लेन बनाया बट एट इन तीनों लोगों की हो हुए बट जो थे ना ब्रेगलेट और दो लोग थे उनमें से एक थे और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था आखिरी में सबके मर जाने के, के बाद ब्रेगलेट ने इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट किया था इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया ब्रिगलेट फ्लायर ये जो ब्रेगुलट फ्लायर है ना जो तो सबसे पहला एरोप्लेन है ये बहुत बार हुआ, मतलब हुए इसके, ये कभी उठता तो आपस क्रैश हो जाता बहुत बार ऐसा हुआ बट इन लोगों के संघर्ष और मेहनत के कारण ये एक बार हवा में उड़ा लेकिन पहली बार जब हवा में उड़ा था ना, तो ना सिर्फ 12 सेकंड ही उड़ सकाता है हवा में सिर्फ ट्वेल्थ सेकंड तो हवा में रहा जो की बहुत बड़ी बात थी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी उस टाइप के लिए ये 12 सेकंड भी ये 17 दिसंबर 1930 को पहली भारत से शुरू उड़ा था जो कि एक सौ से ज़्यादा 120 फीट से ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ा था और इसकी जो तो हाईएस्ट स्पीड है ना हाईएस्ट स्पीड वो है 6.8 मील पर हावर 6.8 मील एट पर हावर जो कि बहुत ही ज़्यादा था फैक्ट नंबर थ्री क्या आपको पता है भारत का सबसे पहला एरोप्लेन कौन सा था और इसे किसने बनाया था और कब भारत का सबसे पहला एरोप्लेन बनाया था शिवकर बापूजी तालपड़े ने इन्होंने ये एरोप्लेन 18 फरवरी 1911 में बनाया था इसने अपनी सबसे पहली उड़ान 15 मिनट की भरी थी मतलब पंद्रह मिनट तक की हवा में उड़ा था पहली बार और तो और ये नाइन किलोमीटर सिक्स मिनट में क्रॉस कर जाता था मतलब ये किलोमीटर तक उड़ सकता था छह मिनट में भारत के सबसे पहले एयरपोर्ट का नाम था जूहू एयर जूहू एयर फैक्ट नंबर टू आपको ये तो पता ही है कि अर्थ रोटेट और रिवॉल्व करता है रोटेट और रिवॉल्व का मतलब होता है रोटेट मतलब अपनी ही सतह पर गोल गोल घूमना और रिवॉल्व मतलब सर्न के चारों ओर गोल गोल घूमना क्या आपको पता है अर्थ की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड क्या है रेवोल्यूशन में तो अर्थ की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड रेवोल्यूशन में जो भी तक साइंटिस्ट ने मेजर की है वो है 1670 किलोमीटर पर आवर 1670 किलोमीटर पर आवर क्या आपको पता है अर्थ की फास्टेस्ट स्पीड क्या है रोटेशन में मतलब अपने ही सतह पर गोल गोल घूमने में अर्थ को कितना समय लगता है अर्थ की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेजर्ड स्पीड है रोटेशन में 27 किलोमीटर पर मिनट तक सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें इस वीडियो पे टारगेट है टेन लाइक्स का टेन लाइक्स का टारगेट है जल्दी से जल्दी। दुनिया का, का सबसे महंगा मोबाइल है फैल्कन पिंक डायमंड जिसके अभी तक दो ही पीस निकाले हैं कंपनी ने इसे आईफोन कंपनी ने लॉन्च किया है और उसका एक पीस मुकेश अम्बानी की वाइफ नीता अम्बानी के पास है मुकेश अंबानी एशिया के सबसे ज़्यादा वेल्थियस्ट पर्सन है इट मीन सबसे अमीर पर्सन एशिया के इसकी कॉस्ट है फोर्टी एट मिलियन डॉलर अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बैठेगा तीन सौ साठ करोड़ का ये जो मोबाइल है ये ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड से बना है मतलब खरे सोने से जिसे हम खरा सोना कहते हैं वो ट्वेंटी कैरेट गोल्ड है और ये उसी से बना है और इसके पीछे के साइड पिंक डायमंड लगा है ये मोबाइल तीन कलर्स में अवेलेबल है और तो और इस मोबाइल की जो स्टोरेज है वो ज़्यादा खास तो नहीं है इस मोबाइल की स्टोरेज है सिर्फ छः जी रैम लेकिन इसके और भी कलर्स अवेलेबल हैं और उनमें उसी हिसाब से स्टोरेज भी है किसी में एक सौ तो किसी में सिक्सटी जी ऐसे करके इसके स्टोरेज भी अगर आपका स्टोरेज वाला अच्छा चाहिए तो आप इसी के दूसरे वाले कलर को चूज़ कीजिए